बेबी मेरा फ्रेंड है इसको मैं लंच पे लेके आया मुझसे पूछा लंच पे लाने के लिए। मेरी हालत देखिए घर की हालत देखिए काम कौन करेगा लंच कौन बनाएगा नौकरानी रखा है मेरे को ठीक है मैं इसको डेमो दिखाने लेके आया था बेचारा <laughs>